प्राइस कैसे आप लोग आई होप सब बढ़िया होंगे बढ़िया ही होने चाहिए और अभी शाम का टाइम हो रहा है कुछ साढ़े पाँच छः बजने वाले और हम लोग जा रहे हैं अभी किधर अभी हम लोग जाएंगे आगे घूमेंगे और कहाँ जाएंगे बस आगे सब तो आगे थोड़ा तो सा घर पे बैठ के बोर हो रहा था और अभी हम लोग जा रहे आगे घूम के आते हैं और जो भी रहेगा आपको दिखाएँगे और वहाँ पर एक मैंने देखा है कंस्ट्रक्शन चालू है वो भी आपको दिखाता तो हूँ कैसा है जो कंस्ट्रक्शन दिख रहा है ना उधर पे हम लोग जाने वाले क्योंकि वहाँ उधर देखो एक नई बिल्डिंग बनी है कुछ के बाजू में एक जूनी बिल्डिंग तो उन दोनों में मैं आपको डिफरेंस बताऊंगा डिफरेंस क्या है वो दोनों के बीच में डिफरेंस क्या है और यहाँ पे तो भाई बहुत ही अच्छी हवा चल रही है जेनवनली बहुत अच्छी हवा चल रही और मैं और यह बंदा उस दिन जो मिला था ना मैं बोल था ऐसा ऐसा अभी इसका कॉल आ गया तो बात करते उसके बाद बोल रहा था अभी इसका फ़ोन आ गया था और आय ये फ़ोन पे बात करने के बाद उसके बाद अभी हम लोग जा रहे हैं कि चलते हैं। वहाँ पर डायरेक्ट मिलते हैं अभी मेरे को कुछ वर्ड ही नहीं बोलने की दिमाग नहीं काम कर रहा है और उसको मैं तो मेरा तबीयत खराब है काफ़ी टाइम से क्योंकि बोर्ड है ना रात भर जाके पढ़ना और उसके बाद सुबह सुबह उठ के जाना तो इस चक्कर में तबीयत खराब हो गई है तो वही अभी थोड़ा कवर अप कर रहा हूँ दवाई ले लेके जैसे कवर हो गया ठीक होती है फिर से आपको समझ रहे एकदम प्रॉपर ब्लॉग रहते हैं ना और कॉमेंट करिए जो जो मेरा ब्लॉग देखता है प्लीज़ कॉमेंट करिए बताओ कि इतना ही डालू कि मैं थोड़ा सा इसका टाइम बढ़ाऊँ आठ मिनट या 15 मिनट करूँ इसका ब्लॉग कर आप बताओ अभी हम लोग इधर आए हैं अभी इसके पीछे का अगर आपको नज़ारा दिखाऊंगा ना बहुत ही मस्त नज़ारा है यहाँ पे ये बंदा एक बार शूट करेगा अपना कुछ स्टेटसटेट लगाएगा मुझे पता है क्योंकि जितनी बार मेरे साथ आता है व्लॉग शूट करने जितनी बार ये मेरे साथ रहेगा उतनी बार कुछ ना कुछ इंस्टाग्राम पे स्टोरी डाल देता हो रील डाल देता हो व्हाट्सएप पे स्टेटस लगा देता हो कुछ ना कुछ इसका हमेशा चालू ही रहेगा जलवाएं जलवाए तो अभी आपको पीछे का दिखाता हो कैसा है कर रहे हो और नज़ारे मतलब आप लोग तो अगर जो जो गाँव में रहता है उसके लिए तो ए, एक कचरे जैसी एरिया रहेगी पर हम जैसे लोग जो कभी कभी ऐसी जगह देखते है वहाँ पर क्रिकेट खेल रहे देख रहे हो लोग तो ऐसे ऐसी जगह आज के टाइम पे इंस्टाग्राम रील शूट करने के लिए और ऐसा पूरा यूज़ किया जाता है और ये अभी मैं आपको बोल रहा था ना ये इस बिल्डिंग और ये नई एस करके जो ग्रुप है ये बिल्डिंग के दोनों में डिफरेंस मैं आपको बता देता हूँ ये बिल्डिंग बन रही है कम से कम दस साल से इस साइड वाली और ये वाली अभी बनी है रिसेंटली अभी कितना दो तीन साल हुआ है और इतने में ही ये बन के रेडी भी हो गई पहन भी हो गया और बिकने वाला भी है और इसके जस्ट नीचे क्रोमा का मतलब शोरूम खुल रहा है शोरूम बोल लो दुकान बोल लो जो भी वो खुल रहा है वो भी आपको दिखाऊंगा आगे चल के जिस दिन वो चालू रहेगा उसका ओपनिंग रहेगा तो मैं जाऊंगा और कुछ मेरे को समझ में आएगा तो मैं खरीदूंगा वो डिमार्ट है ना उसमें मैं बहुत बार गया हूँ आपको तो क्योंकि जो मैंने बहुत सारा सॉर्स भी डाला है डिमार्ट का जाके चेक करो एक बार मैंने सॉर्स डाला है तो इधर देख रहा हूँ ये बहुत सारी बिल्डिंग्स हैं ऐसी बिल्डिंग्स में एक दिन अपना भी घर होगा बस आपका सपोर्ट चाहिए फाइनली हम लोग वहाँ से निकल गए और आवाज़ आ रही तो उसको इग्नोर करना तो अभी हम लोग वहाँ से निकल गए और ये भी अभी जा रहे घर पे और इसके कोई दोस्त का बड्डे तो अगर मैं जाऊँगा तो दिखाऊँगा आपको बड्डे में कैसा है यहाँ का बड्डे हम लोग सेलिब्रेट करते हैं और मार <laughs> <laughs> अभी मार के इधर मार के सेलिब्रेट करते अभी तो चलते फटाफट से आपको दिखाते हैं बड्डे में भी अभी जाना है तो शायद अभी जाते रहते हैं रात हो जाए क्योंकि भाई मौसम बहुत बढ़िया हो रहा है पर अभी शाम भी हो गई है मौसम के साथ साथ तो अभी इधर अंधेरा भी हो रहा है देख रहे हो मेरे फेस पर भी थोड़ा थोड़ा अंधेरा आ रहा है ये नहीं कैमरे की वजह से नहीं पर ये मौसम ही वैसा है तो चलते अभी बर्थडे में उसके बाद आपसे मिलते हो गया चलते अभी देखते हैं क्या चल रहा हुआ है बहुत भीड़ लगी है तो चलते हैं